सबका सब कहना है, में मेरी बहना है। सारी हम संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है सबका कहना है जब से मेरी आखों से हो गए